गाइस भारत के आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के तिरुमला शहर में स्थित भगवान वेंकटेश्वर को समर्पित एक हिंदू मंदिर है बालाजी मंदिर जिसे वेंकटेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है यह भारत में सबसे प्रसिद्ध और देखे जाने वाले मंदिरों में से एक है जो हर साल लाखों तीर्थयात्रियों और पर्यटकों को आकर्षित करता है इस मंदिर को दुनिया के सबसे धनी धार्मिक संस्थानों में से एक माना जाता है जो भक्तों से दान प्राप्त करता है और विभिन्न धर्मार्थित गतिविधियों को चलाता है यह मंदिर अपनी अनूठी आर्किटेक्चुर शैली के लिए भी जाना जाता है जो द्रविण और राजस्थानी शैलियों का मिश्रण है मंदिर के मुख्य देवता भगवान वेंकटेश्वर को भगवान विष्णु का एक रूप माना जाता है और उन्हें सात पहाड़ियों के भगवान के रूप में भी जाना जाता है मंदिर में कई अनुष्ठान और समारोह हैं जो हर दिन किए जाते हैं जिसमें प्रसिद्ध तिरुमाला ब्रह्मोत्सव उत्सव भी शामिल है जो दुनिया भर से बड़ी संख्या में भक्तों को आकर्षित करता है गाइज ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो कैसी लगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें